अल्लाह के नाम पे दे दे मोला बाबा के नाम पे दे दे मोला बेरोजगारी के नाम पे दे दे रे बाबा अल्लाह के नाम पे दे दे मोला बाबा के नाम पे दे दे दे लिया रोटी लिया कपड़ा लिया मकान लिया बंगला लिया गाड़ी लिया ओडी लिया बीएमडब्ल्यू लिया कुछ ज्यादा ही मांग लिया यार ले लिया अरे भाई साहब कैसा काट रहे <laughs> भाई साहब ठीक मांग रहा है यार गदर क्यों काटते अरे यार हम खुद बिगड़ी हुए पड़े तुम्हें पता अपने देश में कितनी बेरोजगारी है हमारे पास है क्या तुम्हें देने के थाँग? अरे यार कुछ तो होगा यार।, यार हाँ, एक चीज है। लो ये मेरी बीकॉम की डिग्री अगर इससे काम चले तो चला लियो डिग्री की बात मत करो भाई साहब डिग्री तो मेरे पास भी है आई है यूनिवर्सिटी रामपुर डिग्री तो अच्छी है यार बिगारी भी असली है अब डिग्री के नाम पे कुछ दे दो अरे भाई साहब कुछ ना है बहुत गरीबी चल रही है लॉकडाउन लगा पड़ा वाले आगे देखो कोई नौकरी वोकरी है अरे कुछ ना है कि डिग्री है तो इससे क्यों ना कर लेते ये कर तो रहे इसी की तो नौकरी